चंद हेलो दोस्तों तो आ गए हैं हम एक बार फिर सदर बाज़ार देखिए कितना अच्छा पर्स का कलेक्शन आया हुआ है तो ये संडे में जो पटरी मार्केट लगती है ना तो आज हम संडे पटरी मार्केट दिखा रहे हैं आपको ये देखो ये सारे के सारे सौ डेढ़ सौ रुपये में आपको ये पर्स और ये मिरर भी आपको सौ रुपये में मिल जाएंगे, देखिए ये सारे सारे हैंडमेड होते हैं ये यहाँ पर टॉफ़ीज़ लगी हुई हैं टॉफ़ीज़ अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएंगी और ये देखिए वॉचेस, गर्ल्स किड्स और बॉयज़ के कितनी अच्छी वॉचेस हैं आपको सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये तक की ये वॉचेस बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा वेरायटी है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वेराइटी है इसमें आपको बॉक्स में पैकिंग के अंदर देंगे देखिए ये, ये ट्रॉली बैग ये आपको 700, 800 एट में मिल जाएंगे इनका साइज़ बहुत ही बड़ा है तो ये पूरे बड़े साइजेज़ में है और इनसे भी बड़े और साइज़ में भी हैं जो आपको हज़ार बारह सौ रेंज में मिल जाएंगे ये नैकलसेस जो हैं ये 70 रुपीज़ और एट्टी रुपीज इसके हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें कलर और वेराइटी कितनी अच्छी है तो जैसे फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो देखिए कितनी अच्छी वैरायटी है इनके पास और ये आपको मिल जाएंगे सिक्सटी रुपीज़ फिफ्टी रुपीज़ में ये इनमें इयर भी हैं और मांग टीका भी है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैचिंग एयरिंग्स कहाँ से मिलेंगे तो आपको देखिए कितनी अच्छी वराइटी ये देखिए इयर और ये इयर के एक दूसरे स्टॉल पर आ गए हैं जहाँ पर सिक्सटी रुपीज़ सेवेंटी रुपीज़ में इर हैं और नीचे लगे हुए हैं ब्रेसलेट देखिए ये एयरिंग्स कितने अच्छे हैं और ये नीचे लगे हुए हैं ब्रेसलेट कितने सुंदर हैं जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स पहनती हैं देखो कितनी ज़्यादा वेराइटी हैं ये आपको एट्टी रुपीज़ नाइन्टी रुपीज़ में बड़े आसानी से मिल जाएंगे देखिए कितने अच्छे हैं कितनी यूनिक इनकी वरायटी है और ये फ्लावर्स जो हम जूड़े में लगाते हैं तो ये भी आपको फिफ्टी रुपीज़ सिक्सटी रुपीज़ सेवेंटी रुपीज़ इस रेंज में आपको बड़ी आसानी से फ़्लावर्स मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा देखिए सनफ्लावर वाला कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो रोजेज सनफ्लावर वाइट कलरफुल सारे हैं इनके पास और ये देखिए ये जो हल्दी फैमिली में जो पहनते हैं ये वो हैं और ये जो ये देखिए चूड़े चूड़े की कितनी वाइटी आ गई है ये आपको ये तो 50 60 रुपीज़ में चूड़ा है और ये जो ऊपर रखे हुए हैं ये आपको 100 रुपीज़ के रेंज तक के चूड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 100 150 के आपको बड़े आसानी से चूड़े और ये देखिए ये पूरा का पूरा सेट है जो 200 हंड्रेड में आपको मिल जाएगा इसमें सारे साइजेज़ होते हैं और ये जो चूड़े हैं ना ये तो आपको थर्टी फोर्टी रुपीज़ में ही मिल जाएंगे और ये देखिए कितना अच्छा चूड़ियों का जो सेट है वो बना रखा हुआ है यहाँ पर तो ये जो है ये ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ में पर साइज़ है मतलब पर कलर है एक ही साइज़ के आपको मिल जाएंगे और ये भी ट्वेंटी रुपीस के हैं सारे ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ में हैं देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है देखिए कितने अच्छे कलर्स हैं और ये जो चूड़े हैं ये भी आपको 100 रुपीज़ की रेंज में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे चूड़े भी मोस्टली सारे ही कलर्स में हैं और शॉप्स के अंदर तो हम गए नहीं तो अगली वीडियो में हम शॉप के अंदर की दिखाएंगे आपको ये जो चूड़े हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये देखिए ये ट्वेंटी रुपीस की बैंगल्स भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ये भी आपको अलग अलग रेट में मिल जाएंगे ये हंड्रेड रुपीस के चूड़े हैं जो आपको सारे कलर्स में मिल जाएंगे करवा चौथ के लिए स्पेशल देखिए कितनी ज़्यादा वेरायटी है यहाँ पर और अब आ गए हैं आजाद मार्केट यहाँ पर लगा हुआ है टॉय का स्टॉल देखिए ये सिर्फ संडे संडे को लगाते हैं भैया है, ये सारे एक्सपोर्ट के टॉयज़ हैं ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये 100, 150 और 200 की रेंज में है और ये जो नीचे हैं ना ये हंड्रेड रुपीज़ के थ्री टॉयज़ हैं ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर हैं तो बच्चों के लिए ना इनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी है देखिए कितनी वैरायटी है ये कितनी प्यारी डॉल है ये हंड्रेड रुपीज के थ्री हैं इस तरफ और दूसरी तरफ से हंड्रेड रुपीज के दो और ये देखिए कितनी प्यारे प्यारे हैं ये देखो छोटे टॉयज बहुत प्यारे हैं सारे के एक सारे एक्सपोर्ट के हैं और ये जो इधर रखे हुए हैं इन सब के अलग अलग प्राइस है कोई 250 का है कोई 300 रुपीस का है पर मैक्सिमम यहाँ पर 300 रुपीस के ही है आपको 300 की रेंज में बहुत ही अच्छा सॉफ्ट टॉय आपके बच्चे के लिए मिल जाएगा यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास ये देखो ये डॉल और ये देखिए ये क्रोकोडायल रखा हुआ है ये क्रोकोडायल 300 हंड्रेड का है और ये देखिए ये हमारा 250 फिफ्टी का है बहुत ही सुंदर कलेक्शन है इनके पास और ये है मैट या तो आप नीचे बिछा लीजिए या फिर आप किसी टेबल पे बिठा लीजिए या फिर बेड पे बिछा के आप खाना वाना खा सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये हंड्रेड रुपीस के हैं और ये फिर एक और टॉय भैया ने, ने टॉय लगा रखे थे तो यहाँ पर भी वही रेट है हंड्रेड रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ के दो और ये जो पीछे हैं ये वन फिफ्टी रुपीस के हैं ये सिर्फ संडे को ही लगती है संडे को आपको मिल जाएगी देखेंगे कितना ज़्यादा सुंदर टॉय लग रहा है संडे को ही लगेगी या आपको आज़ाद मार्केट में मिलेगी जो आज़ाद मार्केट क्रॉकरी की है ये मैट भी कि देखिए कितने ज़्यादा फिनिशिंग से बना रखे हैं और कितने ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये मैट इनकी लेंथ और वृतना बहुत बड़ी है ये एक और टॉय ये देखा स्वाइड कितना सुंदर है और ये आ गए फिर हम सदर बाजार ये देखिए मेरी बहन रबर रही है और ये रबर बैंड ये आपको थर्टी रुपीस फोर्टी रुपीस में पैक मिल जाएगा और ये देखिए पिन कितनी ज्यादा सुंदर है ये क्लचर ये हेयर बैंड सारे आपको सदर बाजार में बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये देखे इतना अच्छा लग रहा है ये तो वीडियो को करते हैं एंड तो